उमरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 25,000 पौधे भी लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उमरिया भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रक्तदान और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 10 मंडलों समेत जिला मुख्यालय में लगभग पच्चीस वृक्ष लगाए गए इसके साथ ही उमरिया युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में शासकीय विजय महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें तकरीबन डेढ़ युवाओं ने रक्तदान किया आज हमारे देश के सस्वी प्रधानमंत्री परम सम्मानी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है इसकी तारतम्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सेवा सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है इस निमित्त हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सौ यूनिट व्रत आज दान करेंगे और हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान जो विगत उन्तीस अगस्त से दो अक्टूबर तक चल रहा है उस अभियान के अंतर्गत आज हम युवा मोर्चा कार्यकर्ता 25000 हज़ार लगाएंगे पूरे ज़िले में अरिया ज़िला में कुल मिलाकर पांच रक्तदान शिविर लगाए गए हैं जो उमरिया के अंदर दो रक्तदान शिविर है एक ज़िला चिकित्सालय में एक कॉलेज में एक चंदिया में है और एक पाली में और एक मानपुर में तो यहां पे अभी रणविजा कॉलेज में हम लोगों के पंद्रह यूनिट टोटल मिला चारों पाँचों को मिला के यूनिट ब्लड इकट्ठा कर लिया गया है और अभी चल ही रहा है लगातार अभी शाम तक चलेगा और भी ज़्यादा रक्तदान अभी हम लोग रक्त इकट्ठा करेंगे और भी होने की उम्मीद है मेरी सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें किसी के रक्तदान करने से जान बचाई जा सकती है और हमारा ये मेगा शिविर है सत्रह तारीख से एक तारीख तक चलना है लगातार तो हमारे पूरा शिविर का आयोजन हम लोगों ने कैंप बना लिया है हर जगह अलग अलग दिन सत्रह से लगातार एक तारीख तक चलना है तो आप लोगों से सभी से नागरिक से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें